नमस्ते दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों इंडिया इन, चाइना के बदले एक बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब हाँ बन सकता है आखिर एप्पल से लेकर बोइंग तक सारे बड़े कंपनीज अब चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चैन ऑपरेशन को डाइवर्सीफाई करने की सोच रही है और इसकी वजह है बढ़ते हुए कॉस्ट जियोपोलिटिकल टेंशन और कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक की वजह से होने वाला डिस्टर्बस और इस तरह से इंडिया इन कंपनीज के लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव बन रहा है अभी कुछ साल से इंडिया के ध्यान काफ़ी बड़े फैक्टर्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना का अल्टरनेटिव बनाने की तरफ है भारत में एक बड़े और यंग वर्क फर्स जिसकी कॉस्ट चाइना से काफ़ी कम है साथ ही साथ भारत में एक बढ़ते हुए कंज्यूमर मार्केट और मैनुफेक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने की पॉलिसीज है जिसकी वजह से कंपनीज को यहां मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट हो रही है अभी तक एप्पल ने कुछ प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट किया है और इस बार उनका प्लान है कि वो इस प्रेजेंस को और बढ़ाए साथ ही साथ सत कंपनी ने अपने लोकल सोर्सिंग को भी इंक्रीज किया है जैसे कि डिस्प्लेज और सर्किट बोर्ड्स इंडियन सप्लायर्स बोइंग भी अपने अपाची हेलीकॉप्टर्स के लिए एक मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में सेटअप करने के प्लान बनाया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ पार्टनरशिप में ये कदम जॉब्स क्रिएट करने और इंडिया की एयरोस्पेस इंडस्ट्री को डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा सैमसंग और एल जी जैसी कुछ कंपनीज भी इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस को इनक्रीज करने का प्लान अनाउंस कर चुकी है लेकिन भारत को चाइना के अल्टरनेटिव के तौर पर मैनुफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा जैसे कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशन और कुछ सेक्टर्स में स्किल्ड लेबर की कमी इंडियन गवर्नमेंट ने इस इशू को एड्रेस करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की कोशिश भी की है लेकिन इसमें काफी काम बाकी है तो ओवरऑल भारत का पोटेंशल है कि वो चाइना के अल्टरनेटिव के तौर पर एक सिग्निफिकेंट मैनुफेक्चरिंग हब हाँ बन सके लेकिन इसके लिए टाइम इन्वेस्टमेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के कंसंट्रेटेड एफर्ट्स की, की जरूरत है इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा है? इस टॉपिक के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर आपको ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद